मध्य प्रदेश के स्कूलों में एक ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है और इसके साथ हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है हिजाब पर प्रतिबंध के मसले पर विवाद भी शुरू हो गया है कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पर आपत्ति जाहिर की है हिजाब का विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हिजाब बैन किए जाने की तैयारी की जा रही है इसके लिए एक ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बोले हम अनुशासन को प्राथमिकता देंगे स्कूल में सभी विद्यार्थियों का एक ड्रेस कोड होगा स्कूल शिक्षा विभाग इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा इससे सभी विद्यार्थियों में समानता का भाव रहेगा देखिये योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा को गलत तरीके से पेश करने की देश में कोशिश की जा रही है भारत की मान्यता है कि जो जिस परंपरा में वहां लोग निवास करते हैं उसका वो अपने घरों तक पालन करे स्कूलों में तो हमको जो ड्रेस कोड है लागू किया गया उसका पालन करना चाहिए और वो एक प्रकार से जानबूझकर के देश का माहौल उस प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से सब दूर में तो यही कहूँगा कि अभी हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले समय में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए जो जिस स्कूल ने अपना यूनिफार्म तय किया है वो यूनिफार्म पहनकर बेटे बेटियाँ आए तो ही अच्छा होगा अनुशासन तभी पालन हो सकेगा स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान के बाद हिजाब का मसला तूल पकड़ रहा है कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पर विरोध जताया है बच्चियां कवर्ड अच्छी लगती हैं जैसे मैं अपनी बेटी को अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे चाहता हूं कि उसका जिस्म बाहर ना दिखे तो मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि अंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र की जो वो बार बार बात कर रहे हैं कि हिजाब तो हिजाब से सत्तर साल में शिक्षा के जगत में कहीं कोई एटमोसफियर खराब नहीं हुआ बल्कि अच्छा हुआ और एक दौर ऐसा आया कि सबको मास्क लगाना पड़ा जब मालिक की मार पड़ी तो पूरा देश मास्क लगा रहा है आज तो मेहरबानी करके छेड़ा छाड़ी न करें बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के तक से रहने और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें परमार जो जो गांव देहात तो छोड़िए शहर के अंदर स्कूलों का क्या हाल चलो उसको सुधारे उसके लिए बजट लाए फिर बात संगीत की सोलहियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो ऐसी नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी महलों तक